अच्छा बावन बगीचा बावन बगीचा बागान समजू सका ती अम्बा अम्बा बगीचा बा बगीचा या देखो या छत्रचनिया हां या राजाई की चाला या हम्म हम्म या बावन बागा की एक और भी छतरी जा अरे वाबी तो छतरी है हां वाबी उटेम की छतरी पुन्ने बना ऐसे सब करो फिलो जसिंग ने कतई साल होगा वो कतर पुराना जन पुरान या पुराने कम से कम भी तीन सौ वर्षों पर ताल में तीन सौ सूपर तो रातों यह रहो चाहिए सिर्फ उन्नीस सौ सत्रह को जन उन्नीस सत्रह को सत्रह को अबे लगा ले अठारह उन्नीस अरे बीस जब तो जाइए नेम, जब नेम सब नेम, नेम जाइए, और नेम सिक्स में। हाँ, नेम पे रहेंगे। अच्छा। और तादाद कुकत्रा तलाया हूँ बंडबांडों को। हाँ, सालाना क्यों? तो राज में आ रहे हो चो, कहीं कर रहे हो? आओ जाओ जाओ, बैठा जाइए तैयार होने पे बैठा जाइए, फिर जाओ जाइए। तो में, में थी? जाव। जाव। तो अजबगढ़ अजबगढ़ में में ये रिश्तेदारी थी? भी बोला लोग चलेगा थोड़ा दिन पहला नहीं, नहीं, उचा श्याम हाउस पर बाय दो गए मूल गांव जहां पहला भी एक कोने देखा जिसमें पहला या दगर बांध कर दो ने ये दोनों ही उजड़ो है उजड़ो है आमेर आमेर सैब को छ सो हम हां इंद्र सुजय पर पांचवी से जय बेर शहर को छोया आप जयपुर जिला जयपुर बाद में आमेर को छ सो बिना सो जरूर करिए यहां सो इधर फेरा फिर बसो फेर अमर बसो अब आमिर शुरूवा अमर के बाद जयपुर बसो अमर के बाद बाद जयपुर के बाद कोनियर ने बाद में दिया सूची पहला या तगड़ी थी यहां सूची तगड़ी जनसी थी रात से निकले थे नरसो एक रात में एक रात एक रात समय गुजरती सब ई खंडर बनर राजा राजा का काम चली काम चला चटकड़े जगड़ो काम दुनिया का किला किले जंगलों के बारे में बात ऊपर बार मसूरी है इसमें वो ये है जैन लोग रतन नहीं था तो से तो दरवाजा दे दे का बार तो वैद्य मालता दो मार दो मार की तो छह जवन वो को टकबा दे और ये नीचे मंदिर से काय कैसे भगवान का मंदिर है ये सामने मंदिर है ये तक को ये सो हां वो शुरू तैयार होगी वो मंदिर जो उ मंदिर सुबहन कर तक हां सर मुझे कह मंदिर वांडी करता पांच लोग तगड़ा काम था तगड़ा खावदा पहला काम आ तो काय बनी आज लड़ देना फोन पहला की तो अपन देख ले अंदर तो अब सो खरा लेकिन काय क्रिया से भूत आया से दुमुरन पाकड़ा पड़ गया काय खदे जी ये ये अपनला दिखाओ सर पहला थोड़ा सारा से रेट चल एक थे पहला भी कारी करता, आज भी आज है तो ये तो ये देड़ लेड़ सब काई का का बात साल साल हो ना फिर भी अभी तक हो तो रुके है तो जो आना जो को को तोया अबे दो हजार तीन साल तो ऊपर सो कब पौ चार वर्ष को मान अब जब तो कौन सा पश्चिम चुनाव ला दिया हां काय के सुन ना हां तू ना देख थोड़ा ऊपर हम्म छोटे को नहीं अच्छा पहले प्रतीक को जी काय को जी के साथ में कार्यक्रम तो आता आज खाने को निकालें आज तो आप बतावत मालिक से जाकर नहीं गए नहीं कार्य नदी मालूम पहला ही था हम्म तुम कैसा बनाओ तो कौन बना सवाल फूट जाएगी फूट जाएगी थोड़ा दिन बाद फूट जाएगी क्या? था? तो? तो पहला का अब आज आज के अभी तो चार पाँच साल बाद में चुनो छुटकार लगे अभी मकान पर आ तो तो? आग, आग। हाँ। अग, हाँ। चार पांच साल बाद इंसाना रहा जनवर नहीं सोच रती रसोई वसो हो गई भाई अरे सूद देखो कतरो गजब दिख तो या, बार बार पर आ बना सर जबाग फोड़ कर चमका कर देखो, अगर कोई अटैक करे तो उसके ऐसे ही निपटा देंगे देखा ना चढ़े तो कोई पर नीचे एक दो और एक दो और तीन हर एक, एक जगह ऐसे में तीन तीन नीचे करने की सुरक्षा क्या और ये देखो ताकि उजलाता रहे ये ऊपर ऐसे चमका दल अभी हम चलेंगे वहाँ पे आह माँ से ये हैं। मैंने उसके ऊपर जा बागो कौन तो की तो ये। को तो जा सके चुपना ये कितना टूट गई चलो ऊपर चलते आ जाओ कौन इतने सारे घास फूस पैदा हो गए बड़े बड़े <laughs> ये है ऊपर जाने की सीढ़िया और ये देखो बस ऐसा करते हैं काई ये ये दूसरी तरफ फोड़ दिया इसको अभी टुट फुट गया ये देखो कनेक्टेड था वो आपस में जुड़ा हुआ था बटियाँ टूट गया बुरी तरह और यहाँ पे इसकी नजर अब चलते हैं ऊपर इस मेल के सबसे ऊपर जाने की सीढ़ी बीच चढ़ते हैं ऊपर। सर बहुत बढ़िया फ्रैश है वारी गोलगट चले ले ले ले बस बस कर मटर के मारना चल तम, अभी तुम्हारा तो से, चार से. से और आप तो वहां चार टाइप थे जी, ये मोटरबाइक है। ओम ना किसी को तो नहीं पता। ये देखना है। जो मान कर तो कर रहा है